तो आज मैं आया हूँ नमीत को स्कूटी सिखाने गाइस तो ऑलमोस्ट स्कूटी वो सीख चुकी है और आज वो ख़ुद ब खुद ट्रेनिंग लेके स्कूटी को चला रही है तो वो आगे चली गई मैं आपको दिखाता हूँ उस साइड पे और अभी वो स्कूटी चलाते हुए आएगी तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कितनी अच्छी स्कूटी चला दी गाई से और मैं चाहता हूँ और मैं ये, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि देश की हर नागरिक हर बहन को हर बेटी को और हर हर एक मदर को स्कूटी चलाना आना चाहिए सेल्फ डिफेंस खुद की होनी चाहिए स्कूटी चलाओ अपने काम खुद करो और जहां भी जाना है अपनी कन्वेंस से जाओ तो वो सामने से नमनीत स्कूटी चलाते हुए आ रही है आप देख पा रहे होंगे और बहुत अच्छा स्कूटी चला रही है कम से कम तो 16-17 बार इसको मैंने चलाना सिखाया है दो तीन बार इसको मैंने डांट भी मारी है और अब जाके मैंने इसको इसके हाल पर छोड़ दिया ताकि यह खुद स्कूटी चलाए ये गाड़ी देखो दोस्तों गाड़ी भी आ रही है यहाँ से बट कोई शू नहीं है वो इतनी वेल well ट्रेंड है कि वो मैनेज कर लेगी आप देखिए कितनी प्यारी स्कूटी देखो चलाते हुए आ रही है देखो मज़े को कैसी हस्ती वाली स्कूटी है देखो ये देखो ये देखिए इस वेल ट्रेंड इसको बोलते हैं तो कड़ी मेहनत के बाद परिश्रम के बाद गुंजन ने स्कूटी चलाना सीख लिया है देखिएगा इस लोगों के बीच में भी कितनी आराम से स्कूटी निकाल के ले गई है आई प्राउड ऑफ माई वाइफ गुड गॉड ब्लेस यू ये देखिए खुद-दखुद स्कूटी स्कूटी स्कूटी मोड़ते हुए अपने आप धीरे-धीरे करके पैर रख के मोड़ रही रही है, चीप तो भी बढ़ गई तो हुआ क्या चला थी कुंजन और उसने मोड़ते वक्त एकदम से रेस दी तो वो रेस एकदम से ओवर रेस हो गई तेज हो गई वो गाड़ी जाके सीधा उसकी ट्रांसफार्मर के पास गाड़ी खड़ी थी स्कूटी सीधा जाके उस गाड़ी में घुस गई यार तो बच गई बचाव हो गया बट यह कुछ दिन को कुछ खरोची आई है मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके पैर पे कहाँ खरोची आई है और पैर पे थोड़ी सी स्पेलिंग आ गई है उसके अगर आप कोई रिस्क लेते हो कोई अगर आप चीज़ सीख रहे हो अचीव कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं तो कभी भी आपको घबराना नहीं चाहिए अपने आपको स्ट्रॉग बनाइए एक बार ही गिरता है इंसान दो बार ही गिरता है पर फैमिली तीसरी बार उसको वो काम करना आ जाता है तो होगा ऐसा ही नम्मी स्कूटी चलने में वैसे परफेक्ट हो गई है तो होप्स हो कि वो अब कभी भी ऐसे अनबैलेंस या अनरेस के साथ कभी स्कूटी उसकी स्लिप ना हो और ना कभी गिरे वो। ये इसके पैर में यहाँ स्वेलिंग आई है ये देखिए पेन हो रही है तो कैसा लगा रहा है आपको स्कूटी गिर गया स्कूटी से बंद बहुत मजा आया देखो जी नहीं कह रही मेरे को बहुत मज़ा आया देखो जी ये देखो तो देखो बीवियाँ ऐसी होती हैं कहती मेरे को बहुत मज़ा आया ऐसे ही होता है अगर कोई गिर रहा है तो उसको मज़ा आएगा गिरने चोट लगती है पेन होता है बट ये मेरी बीवी कह रही कि मेरे को बहुत मज़ा आया तो ये देखो फ्रेंड्स ये इसके चोट लगी है घुटने में चोट लगी है और हल्की चीज के जो है यहाँ स्वेलिंग आई है यहाँ पे तो होप्स हो सो के जल्दी ठीक हो जाएगी और ये देखो तीसरी चोट इसके हाथ पे लगी है ये देखिए आप ये देखिए तो आज मैं आया हूँ मेरे नेफ्यू के भंगड़ा डांस कंपटीशन में श्री राम ऑडिटोरियम कन्नाड़ प्लेस में तो गाइज़ मैं आपको अपने नेफियू का और मेरे उसकी टीम फ्रेंड्स का डांस यहाँ पे भंगड़ा डांस दिखाऊंगा तो बिना टाइम ख़राब करते हुए आप सब लोग इस डांस को एंजॉय करो और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए प्लीज़ पहला कैन दबाइए थैंक्स फॉर वॉचिंग झील फॉर एवर प्लीज गाइज एन्जॉय पट्टा चोर छुराक मित्रों पता लग जू लगजू चोर जबानी कागजू चोर जबानी का पारक दी ने चुगे जे मुझका सवाल हो जाए ना पिछे हटिए दे सुने करते ना लंबी मनक ना कु चकते चिटे चा चादे सुमर के धरती हुई चि चा चा सुमर के धरती भी पुपा बि पंत दो दरानी पासे हड़या Dum dum damba, ankio. जसबीर सिंह ने बच्चा जसबीर सिंह आमना जैसे कि मेरे को आमंत्रित करके मुझे भी वो भी कि मैं नॉन डाबी बन के आई और और बहुत बढ़िया की प्रस्तुति बढ़िया बढ़िया हम लोग हैं नेता साहब नेता साहब मैं चंदन मिश्रा भाई की तरफ से अरे इकट्ठे हो जाओ हम डांस और बहुत से करना प्लीज मान ले राकेश अच्छा ये म्यूजिक भी आके बहुत ही खूबसूरत नाटक हम देखा जा रहे हैं, तो से रहा है। mm -hmm. जो <स्थिस्थिक्थ> जो जो से नाटक है। है ये भी के रहते तो तो सुनी पर किशनगढ़ और पढ़ा भी रही है